भोपाल में बुधवार रात को नगर निगम के वाटर फिल्टर प्लांट से क्लोरीन गैस की रिसाव ने उन्नीस सौ चौरासी के गैस कांड की यादें ताजा कर दी क्लोरीन गैस रिसाव के चलते लोगों की सांसें फूलने लगी लोगों को आंखों में असहनी जलन होने लगी खौफ में लोग घर छोड़कर भागने लगे गैस रिसाव के कारण मदर इंडिया कॉलोनी में नाले के किनारे रहने वाले सत्तर से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा वही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मामले में जाँच के निर्देश दिए 1984 के गैस कांड में भोपाल में भारी तबाही का मंजर लोगों ने देखा वही एक बार फिर गैस कांड की यादें ताजा हो गई ईदगाह हिल्स स्थित मदर इंडिया कॉलोनी में बुधवार रात क्लोरीन गैस के रिसाव से हडकंप मच गया बस्ती में रहने वाले लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी इससे लोग घरों से बाहर निकल गए महिला समेत कई लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है मदर इंडिया कॉलोनी में नाले के किनारे रहने वाले सत्तर से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा ज्यादातर लोग दूसरे दिन सुबह घरों को लौटे इस दौरान रात भर पुलिस तैनात रही इलाके में ड्यूटी कर रहे शहजानाबाद टीआई सौरभ पांडे की तबीयत रात में बिगड़ गई उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने पर दस से ज्यादा लोगों को हमीदिया में भर्ती कराया गया है क्लोरीन गैस सिलेंडर से लीक हुई थी गैस हवा में न फैले इसलिए सिलेंडर को पानी में डाला गया यही पानी बस्ती में नाले के जरिए पहुंच गए और गंभीर हालात बन गए मंत्री विश्वास सारंग महापौर मालती राय कलेक्टर अविनाश लवान निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी मौके पर पहुंचे विश्वास सारंग ने मामले में जांच के आदेश दिए जांच के का हमने निर्देश दिया है कि ऐसा क्यों हुआ और उसके साथ साथ केवल जाँच ही नहीं आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है इसके भी निर्देश दिए कहीं ऐसी गड़बड़ी होगी तो जांच की जाएगी और यदि कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा एक क्लोरीन टैंक जो तो है जो कि वाटर की क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है उसमें एक माइनर लीकेज डिटेक्ट हुआ और उस माइनर लीकेज के डिटेक्शन के बाद इमीडिएटली क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो पानी में पूरी तरह से सोल्यूबल होता है यदि उसमें पानी में डाल दिया जाए तो उसके बाद वो किसी भी प्रकार से हार्मुल नहीं रहता जैसा की आप सब जानते हैं वैसे भी क्लोरिन को पानी में डाल के ही पानी को शुद्ध किया जाता है इसलिए लगातार तो उस लीकेज को मैनेज करने के लिए फ्लोइंग वाटर में उसको डाला जा रहा है जिससे कि जो टैंक है उसको कंटिन्यूसली हम लोग खाली कर सकें आप देख रहे हैं क्या न्यूज़।